दोस्तों अंतरिक्ष में यात्रा करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं सुनिए अल्हड़ मुसाफिर की जुबानी नंबर एक हड्डिया कमजोर होना अंतरिक्ष में यात्रा करने से हमारी हड्डिया कमजोर हो जाती हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता वहाँ जीरो ग्रेविटी होती है जिस कारण हमारे हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम खून में जाने लगता है जिस कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है जबकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो हमारे शरीर के कंकाल तंत्र पर एक कांस्टेंट मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करता है जिससे पृथ्वी पर हड्डियों का घनत्व निश्चित रहता है और हड्डियां हमारे शरीर को सपोर्ट करती हैं। नंबर दो हृदय से संबंधित बीमारी अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल न होने के कारण हृदय का आकार बदलने लगता है हृदय गोलाकार शेप धारण कर लेता है ये सब अंतरिक्ष में खून का सर्कुलेशन कम होने के कारण होता है मानव की हार्ट बीट रेट भी पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष में कम होती है और ब्लड प्रेशर भी घट जाता है जिस कारण हमें थकान और चक्कर आने लगते है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करे कॉमेंट करे